الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى अल्हमदिल्ल रबालमीन वसलात वसलम अल सदलमसलिन वल वबी अजमाइन अम्माबाद अरुज़बिल्लामिनीम बसमीम इजाज़ुलज़िलतरजल्ज़ाला पुकार सारे चमन में थी वह शहर हुई वो सहर हुई मेरे आशियाँ से धुआं उठा तब मुझे इसकी ख़बर हुई मेरे दोस्तों इस वक्त दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही का शिकार हुई गुज़त हफ़्ते एक ऐसी तबाही का शिकार हुई जिसमें हज़ारों अफराद रुम अजल हो गए हज़ारों अफराद बेघर हो गए हज़ारों बच्चे अतीम और हज़ारों औरतें बेवा दोस्तों ये जल्ज़ले क्यों आते हैं साइंस का अपना एक अलग नज़रिया है साइंस साइंसदानों का ये कहना है कि जब ज़मीन की पलेटें या तहे हिलती हैं या जुड़ती हैं हटती हैं या जुड़ती हैं तो उस वक्त ज़मीन में लहरें पैदा होती हैं जिसकी वजह से जल्जले आते हैं कुछ साइंस साइंसदानों का कहना है कि ज़मीन के नीचे एक आग का अलाव दहक रहा है जब वो अलाव बढ़ता है फैलता है तो ज़मीन भी गुब्बारे की तरह फैलती है जिसकी वजह से जलज़ले आते हैं और अगर इस्लामी नुत नज़र से देखा जाए तो ये जलज़ले हमें ये सबक दे हमें ये सबक़ देते हैं कि इंसान तुमने कितनी भी तरक्की कर ली हो तुमने कैसी ही मशीनें बना ली हो तुमने कितनी मज़बूत बिल्डिंगें इमारतें बना ली ऊंचे-ऊंचे मकानात बना लिए हवा में बातें करने लगे और आपने ऐसे ऐसे आलाते सफ़र बना लिए जो आपने पूरी दुनिया की मुसाफत को पूरी दुनिया की दूरी को समेट कर एक आंगन बना दिया आपने इंसानों की तरह सोचने वाले कम्प्यूटर ईजाद कर लिए आपने गर्मी के अंदर मतनवाही सर्दी सर्दी के अंदर मतनू गर्मी का आलत ईजाद कर लिए लेकिन इंसान इस बात को मत भूलो तुम्हारा कोई खालक व मालिक है तुम्हारा कोई महबूद है उसकी तरफ से बेखबर मत हो जाओ इस बात को हमेशा पेश नज़र रखो कि अल्लाह तबारक वाली बहुत ही आज़मत वाला है बहुत ही जलाल वाला है उसकी कहर से अगर वो किसी चीज़ को बर्बाद करने पर आ जाए ना तो ये हमारी टेक्नोलॉजी हमारी तकनीक किसी भी काम नहीं आएँगी सब की सब धरी की धरी रह जाएंगी इसलिए हमेशा इस बात को याद रखो कि एक ज़ात है जो हमसे बहुत ही आला है उसके फ़ैसले आखिरी फ़ैसले हुआ करते हैं अगर वो फ़ैसला कर दे हमारे हक़ में बुरा तो हम उसे अच्छा नहीं कर सकते चुनाचे जब कभी ऐसी चीज़ें हों ऐसे हालात हों तो उस वक्त में क्या करना चाहिए जब नबी अक्रम सम के ज़माने में मदीने में जलसला आया तो हमारे नबी सल्लल्लाहु सलील ने नेरशाद फरमाया लोगो तुम्हारा रब चाहता है कि तुम अपने रब की तरफ रुजू करो अपने रब की बारगाह में तौबा करो इस्तफार करो और अम्मायशा रजील्ल्ल तह भी फरमाती हैं जिस किसी जगह पर जलजिला आए वहाँ के लोगों को चाहिए कि वो कसरत से इस्तफार करें और अपने गुनाहों से तोबा करें और ये आहद करें कि आइंदा ऐसा कोई गुनाह नहीं होगा जिससे अल्लाह तबार को ताला नाराज़ होता हो अगर वो ऐसा करते हैं तो ये उनके हक हाँ में बेहतर है और ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये उनके लिए हलाकत है वख्रदावानबीम